अब आप समझ ही गए होंगे ये ट्यून का भी कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं है इट इज़ अवर नेशनल एंथम इसका ट्यूटोरियल अगर आपको सीखना होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे दैट इज़ मनीष मुरेकर गिटार ट्यूटोरियल आप इस पर इसका ट्यूटोरियल सीख सकते हैं जय हिंद वंदे मातरा